वन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल आज मुझे हो गया थोड़ा सा फ़ीवर फीवर के साथ मेरे को ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा हाफ टाइम के लिए मैंने हाफ़ टाइम ऑफिस गई नाश्ता किया हुआ वहीं पर जाकर एन दिन घर आकर मैंने अपने लंच की तैयारी की लंच में मुझे कुछ खाने का दिन नहीं कर रहा था इसलिए मेरे को बाजरा की दूध रोटी हमेशा ऑल टाइम चलता है रोटी गोल भर रही है काश हम अपने इस तरह से कभी कभार ना हम अपने पेरेंट्स को इतना इजी ले लेते हैं जब इंडिपेंडेंट लाइफ मैंने स्टार्ट की तब मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स कितना मेरे लिए कुछ करते सभी के पेरेंट्स करते हैं और हमें लगता है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पर मैंने अपनी दूध रोटी इंजॉय किया मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में बा बाय थैंक यू सो मच